हेलो इस कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते है सब लोग अच्छे आगे बढ़िया बड़ी बात तो ये है आज का एंटी बैन और एंटी ब्लैक लिस्ट आपको दोनों में मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात तो ये आज के कॉन्ट्रिक फाइल में आपको जीरो नो ग्लीच आपको मिल जाएगा और एक बात बहुत जल्द हमारा नया अपडेट आने वाला है फ्री फायर में तो फ्री फायर फेट से मेंटेनेंस में जाने वाला है तो मेंटेनेंस में जाने से पहले आप सब लोग ये एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा जो फ्री फर अपडेट होने के बाद आपको कौन से टॉपिक के ऊपर कॉन्फ्पर पर चाहिए मतलब आपको एंटी ब्लैक लिस्ट कॉन्फिक्ट चले क्या फिर आपको नॉर्मल कॉन्फिक्ट चलेगा ये चीज सब कमेंट कर दीजिए और देखो फ़ाइल के बारे में एक छोटा सा बात किया देता हूँ बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं जो भाई लोग मैं अब तक रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड दे रहा हूँ तो देखो भाई लोग जो बंदे रेगुलर वीडियो अपलोड देते हैं किसी और का फ़ाइल उठा के बस आपको दे देते हैं उनको भी नहीं मालूम जो आपको कौन सा कॉन्नीफाइल दे रहा है पर मैं आपको जो कॉन्टिफाइल देता हूँ ये मैं खुद बनाता हूँ खुद मैं अपने कोडिंग से इसको मेंटेनेंस करता हूँ तो देखो भाई लोग मैं अपना खुद का कॉन्नीफाइल देता हूँ तो आज का कॉन्टिफाइल मैं आपको खुद का देने वाला हूँ बहुत दिनों से मैं अपना खुद का कोई कॉन्टीफाइल आपको नहीं दे दिया अब तक जितने सारे कॉन्नीइल दे रहा था सब किसी से परचेज करके दे रहा था तो आज का कॉन्फ्वाइल आपको मैं खुद बना के दे रहा हूँ तो चलो उसको अप्लाई प्रोसेस भी आपको दिखा देते तो अप्लाई प्रोसेस बहुत ही आसान है सबसे पहले आपको ये तीनों कोड़ी को एक साथ कॉप कॉपी कर, करके या फिर कट कर लेना है तो एक साथ सिलेक्ट करके इसको कट कर लीजिएगा तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद आपको सिंपली डिवाइस मेमोरी पर चले जाना होगा और पासवर्ड इस वीडियो में है इसलिए फुल वीडियो वॉच करो फिर आपको एंड्रॉइड पर जाना चाहेंगे पर आपको यहाँ पे जाना चाहिए डेटा के अंदर और यहाँ के आप फ्री फायर मैक्स खेलते हो मैक्स अगर हम फ्री फायर खेलते तो फ्री फायर के अंदर तो मैं मैक्स पे चले गए आपको फाइल के अंदर चले जाना होगा फाइल पर चले के बाद यहाँ पे इसके अंदर और इसके अंदर और गेम्स बंडल और सिंपली ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पे पेस्ट यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है